आज की ताजा खबर बीकानेर में हवाई जहाज टकराने से तीन मच्छरों की घायल हो गए पांच मच्छर मर गए एक लड़की के साथ बेटा पैदा हुए पचास रुपए किलो तेल हुआ गाँव में हुई स्कूल बंद पापा जी मेरे सभी दोस्त घोड़ा लेके आए हैं मेरे को भी घोड़ा चाहिए क्यों कल वो तो तेरा ना लाइक दोस्त लड़की लेके बेगा तू भी भग जाएगा या लड़की लेके वक्त नहीं मुझे घोड़ा चाहिए है? जा नहीं तुझे घोड़ा मुझे पता था आप मेरे को घोड़ा नहीं दिलाओगे आज मेरी माँ होती तो मुझे जरूर घोड़ा दिलाती लेकिन वो तो आज बकरी के लिए चली गई नाग लेना घोड़ा जाने दिलाऊंगा तुझे कहा से आ जाते तेरे दोस्त और तू पापा जी आप मुझे घोड़ा नहीं दिलाओगे तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा हाँ तू जा मेरे घर से मेरे जैसे कुत्तों की जरूरत नहीं मेरे को कुत्ता हूँ मैं देख लूंगा तुझे मैं भी जा रहा हूँ घर छोड़कर वापिस नहीं आऊंगा मैं हाँ तू जा नहीं तो घर छोड़ चला जाएगा हाँ अच्छा पता ये क्या है बीकानेर का नए मार्केट फिल्म लॉन्च हो रही है रक्षाबंधन बंधन आ गई ग्यारह तारीख को वाहो ग्यारह तारीख को रक्षाबंधन रहा है क्या करूँ चलो ग्यारह तारीख को ही सोचेंगे